दोस्तों सभी का हमारे YouTube चैनल चार की सत्ता में आपका बहुत-बहुत आई पी सी पहले जो कानून बना हुआ था वह यह कहता था आप इसको ध्यान से सुने अठारह सो साठ में यह कानून बना था चार सौ में स्पष्ट कहा था डेढ़ सौ साल पहले कि इसमें अगर कोई भी महिला की तो गिरफ्तार करके उसके खिलाफ मुद्दमा जताया जाता है लेकिन जो अभी डेढ़ साल पहले इस आई पी सी के सेक्शन चार सौ सत्तानवे को पांच जजों की खंडपीठ ने जस्टिस दीपक मिश्रा और इनके साथ पांच जजों की खंडपीठ ने इसको को असंवैधानिक करार दिया है अब इस आईपीसी को अगर शारीरिक तो संबंध बनाती थी तो वह अपराध माना जाता था लेकिन अब कोर्ट ने देखा है कि इसमें महिला की आजादी को हम छीन रहे हैं महिला की स्वतंत्रता को हम छीन रहे महिला कहीं आ नहीं सकती अपने मर्जी से कुछ नहीं कर सकती इसकी वजह से इस पांच जजों खंडपीठ ने आईपीसी के सेक्शन पी को असंवैधानिक कर, करार दिया है और इसे रद्द किया है तो इसमें अब क्या बदलाव किया है अब ये बदलाव किया है कि आईपीसी के सेक्शन को खारिज करते हुए कि अब कोई भी महिला शादीशुदा होते हुए भी किसी भी बार के मर्द से अगर शारीरिक संबंध बनाती है डल कानून के तहत तो वो कानूनी अपराध नहीं माना जाता अगर उसका पति उसके खिलाफ रिपोर्ट भी दर्ज करा देता है तो उनकी व्यक्ति की गिरफ्तारी नहीं होगी लेकिन ये एक कानून है कि शादीशुदा महिला को आजादी देने के लिए ये पाँच जजों की खंडपीठ ने ये चार सौ सत्यान आई को रद्द किया है लेकिन दोस्तों आप इसके आधार पर तलाक ले सकते हैं अगर महिला किसी गैर मर्द के साथ शारीरिक संबंध बनाती हुई पकड़ी जाती है या आपके पास एविडेंस है ये कानून तो रद्द कर दिया कि क्योंकि अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होगा उस व्यक्ति के खिलाफ क्योंकि उसकी मर्जी से उसने बाहर के व्यक्ति से शारीरिक संबंध बनाया है लेकिन आपको ये अधिकार तो मिल जाएगा कि आप उसके आधार पर आप तलाक आसानी से आपको मिल सकता है इसलिए दोस्तों में उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों अपने इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं ऐसे ही उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें थैंक यू